मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंदसौर गौरव दिवस पर कहा यह अद्भुत शहर है यह शहर शूरवीरों का है ये वो शहर है जहां महान सम्राट यशोवर्धन ने हु को धूल चटाई की उन्हें कभी विजय प्राप्त करनी नहीं दी इस मौके पर शिवराज ने विकास कार्यों का भूमि पूजन किया और भजिए का आनंद लिया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंदसौर में अवैध कॉलोनियों को वैध करने की बड़ी घोषणा की है शिवराज ने कहा प्रदेश की सभी चार सौ तेरह शहरों की अवैध कॉलोनियों को वैध किया जाएगा इस मौके पर मुख्यमंत्री ने मंदसौर में एक करोड़ रूपए के विकास कार्यो का भूमि पूजन और लोकार्पण किया इससे पहले उन्होंने सम्राट यशोधर्मन की प्रतिमा का लोकार्पण किया सीएम ने प्रधानमंत्री आवास योजना के इंक्यावन हितग्राहियों को ग्रह प्रवेश कराया और 50 हजार आवासों का भूमि पूजन किया सीएम ने पीएम एम स्वनिधि योजना के हितग्राहियों के खातों में 400 करोड़ रुपए एक क्लिक कर भेजे यहाँ के धर्म गुरुओं ने यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने वायरलेस यहाँ के विद्यार्थियों ने, ने पूरे उत्साह के साथ मनाया और वैज्ञानिक तरीके से राजा यशो जी के विजय वाले दिन को तय किया और मंसौर में जन सहयोग से अपने मंदसौर को हम आगे बढ़ाएं उसके कई कार्य हाथ में लिए दसपुर रत्न का सम्मान भी जिन्हें समाज सेवा के आदितीय काम किए उनको प्रदान किए और आज पूरे मंसौर में आज त नहीं लगभग एक महीने से लेकिन आज उत्साह चरम पे था अपने मंदसौर को आगे बढ़ाने के लिए सरकार के साथ साथ समाज भी योगदान देगा।, देगा मैं सभी मंदसौर वासियों को मंदसौर गौरव दिवस पर हार्दिक बधाइयां देता हूँ सरकार की तरफ से कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर मंदसौर के विकास और यहां की जनता के कल्याण में पूरा सहयोग मिलेगा उस पे हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। सीएम शिवराज ने मंदसौर के स्टेशन रोड स्थित भाटी की दुकान से खाए इस दौरान उनके साथ वित्त मंत्री देवड़ा विधायक यशपाल सिसोदिया और मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीवाला सहित कई बीजेपी के नेता और पदाधिकारी मौजूद रहे यहाँ सभी ने गर्मा गर्म भजियो का लुत्फ उठाया सीएम ने सबसे पहले यहाँ भजिए के भाव पूछे फिर उन्होंने भजिए खरीदे और खाए भजिए का पैसा राज्यवर्धन सिंह दत्ती गांव ने दिया उन्होंने मंसौर की लासुन की चटनी गुप्ता जी की कचौरी को याद किया और कहा कि गुप्ता जी की कचौरी रखवा देना भाई हम भी हेलीकॉप्टर में खाएंगे उन्होंने कहा पोस्ता के दाने का हलवा लच्छा रेलवे स्टेशन पर भाटी जी के भजिये की दुकान मुनिम जी के पाव बड़े सच में अपना यह मंदसौर अद्भुत है मैंने सुना है यहाँ छप्पन दुकान भी है इंदौर की छप्पन दुकान और मंदसौर की चौदह ही मात कर देती है मंदसौर का नमकीन यहाँ की दाल बाटी दाल बाटी की दाल बाफले अफीम की भाजी भाजी खाना है बाकी नहीं और अपने लहसुन की चटनी और केवल लहसुन की चटनी नहीं गुप्ता जी की कचौरी आज गुप्ता जी की कचौरी रखवा देना भाई हम भी हेलीकॉप्टर में खाएंगे मंदसौर का गौरव दिवस एक नहीं पोस्ता के दाने का हलवा, नलवाहे का लच्छा पार्क बड़ा फेमस है और रेलवे स्टेशन पर भाटी जी के भजिए की दुकान और पाव बड़े कौन के हैं अरे मुनीम जी के पाव बड़े पाव भी और बड़े भी यह सचमुच अपना मनसौर अद्भुत है यहां का खान और अब तो छप्पन दुकान भी मैंने सुनाया है क्या छप्पन दुकान चौदह मतलब इंदौर की छप्पन छप्पनों को अपनी आदमकद मूर्ति का अनावरण किया इसके बाद एक हजार चार सौ बासठ करोड़ की जल प्रदाय योजना का शिलान्यास किया शिवराज ने राजा यशोधरमन की तारीफ करते हुए कहा कि मंदसौर शुरों का शहर है यहाँ यशोधर्मन महान सम्राट ने हूणों को धूल चटाई थी वे यहां कभी विजय प्राप्त नहीं कर पाए थे उनकी गौरव गाथा आज भी गूंज रही है जिस दिन सम्राट यशोधरमन ने हु को हराया था वह दिन 8 दिसंबर था इसलिए 8 दिसंबर को मंदसौर का गौरव दिवस मनाते हैं सूर और वीरों का शहर और यह शहर वो शहर है जहां यशोधर महान सम्राट उन धूल चटाई थी कभी विजय प्राप्त नहीं करने उनकी गौरव गाथा आज भी दिग्ग दिगंत में लगातार गूंज रही है इस शहर का गौरव दिवस तो होना ही चाहिए और इसलिए 8 दिसंबर तय किया आपने और उस दिन जिस दिन जिस हुड़ों पर महाराज ने सम्राट ने विजय प्राप्त की थी उनकी प्रतिमा यशोधरमन महाराज की आज अद्भुत बनी है मैं इस काम में लगे हुए सभी शहरवासियों को